So, here are, you here to ye hum aa gaye apne class ye kya yahan dekhiye mera ek dost baitha hua hai ye mera classmate hai sir abhi thoda bahar gaye the mere mujhe time mil gaya video banane ka shabash beta bahut badhiya bada acha coaching hai yahan bas sir ka book uthata hu देख लो पूरा ये बड़का बुप रहता है और यहाँ भगवान का मूर्ति भी रखते हैं सर भक्ति भी मानते हैं सर इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास जितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो ये है हमारा दोस्त जो पढ़ रहा है आये बोल दो तो किशन आय बोल दो हाँ बोल दिया हैं। तो इनका हाई के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है तरीका है तरीका भीख मांगने का ये सर का डायरी है इसमें सर हमारा भी लेते हैं ये बोर्ड है तो मैं इसको मोबाइल पर देता हूं ये मेरा वीडियो बनाएगा मैं थोड़ा तो आपको पढ़ा के दिखाता हूं और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी तो है मैं हमारे चैनल का नाम इसे आप आपको सब्सक्राइब करना लाइक करना हमारे चैनल को शेयर करना नहीं सोचे मत सब्सक्राइब कीजिए तो आज के लिए आपको जीवन अच्छी लगी दोस्तों में शेयर कर दोषियत कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी तो ये हमारे टीचर है कमेंट बताइए कहता है आप फिर तो तो पढ़ते हो तो हमें सम्मी लेके बता दीजिएगा